और दोस्तों आज हम बात करेंगे उंगलियों के बारे में यानी फिंगर के बारे में और इन फिंगरों से हम कैसे किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आ, किस तरह के व्यक्ति हैं या हमारा व्यक्तित्व कैसा है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा क्योंकि ये बहुत नया चैनल है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं उंगलियों के बारे में पहली जो हम जिन उंगलियों की बात करेंगे तो अगर आप अपना हाथ खोलते हैं और सारी उंगलियां इस तरीके से खुलती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े खुले विचार के हैं आप जो भी डिसीज़न लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं आप एक दबंग पर्सनैलिटी वाले बंदे हैं वहीं दूसरी ओर अगर हम अपना हाथ खोलते हैं और वही उंगलियां आपस में थोड़ा उनमें बहुत कम गैप रहता है जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ तो वो जो लोग होते हैं वो सोच समझ के निर्णय या डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते और कभी कभी डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं फिर वो उनको लगता है कि उन्होंने डिसीजन कम गलत ले लिया दूसरा उनको डिप्रेशन होने के भी चांसेस होते हैं ये हो गया उन उंगलियों के बारे में जो हमारी उंगलियां कम खुलती हैं या उंगलियों के बीच में कम गैप होता है अब आ जाते हैं तीसरे नंबर की उंगलियाँ अगर हम अपना हाथ पूरा उंगलियों को आपस में जोड़ के सीधा हाथ करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो हाथ की उंगलियां हैं वो अंगूठे के विपरीत दशा में थोड़ी झुक रही हैं तो ये जो लोग होते हैं ये हमेशा निरस बातें करते हैं बातों में कोई मज़ा नहीं होता इनका आदमी इनके साथ अगर बैठता है तो उसको लगता है कि यार ये किस तरीके की बातें कर रहा है मतलब कुछ नीरस बातें तो और इन ये डिप्रेशन वाले भी होते हैं और वही अगर उंगलियों का झुकाव अंगूठे की तरफ होता है तो ये जो लोग होते हैं ये दूसरों पर बहुत डिपेंड होते हैं कोई भी डिसीजन बिना किसी दूसरे के परामर्श के बिना नहीं ले पाते और हर काम के लिए इन्हें किसी दूसरे बंदे की जरूरत होती है जिनकी उंगलियाँ जो हैं अंगूठे की तरफ झुकी हुई होती हैं फिर आती हैं नोकीली उंगलियाँ ये जो हमारी उंगली हैं अगर ये ऊपर से आप देखोगे तो अगर वो नोकीली बन रही हैं थोड़ी चौंजदार हो रही हैं तो ये जो लोग होते हैं ये सपनों में बहुत रहते हैं और मतलब सपने की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं लेकिन इनमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ये धार्मिक होते हैं ये भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं भगवान की आराधना में बहुत टाइम बिताते हैं या भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं तो ये इन लोगों का पॉजिटिव पॉइंट है दूसरा जिन लोगों की जो उंगलियां हैं वो स्क्वायर होती हैं ऊपर से वो लोग अधिक व्यवहारिक होते हैं सपनों की दुनिया से दूर रहते हैं जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है तो ये जो हो गए जिनकी उंगलियों ऊपर से स्क्वायर होती है आप देखोगे ऐसी उंगलियां, आपको देख जाएंगी अब हम बात करते हैं आप अपने हाथ को सीधा रखें और उन उंगलियों को पीछे की तरफ बैंड करें आ, मतलब हथेली की जो उंगलियां हैं उनको आप अपने हाथ की तरफ बैंड करें तो जितनी ज्यादा बैंड हो जाती है उंगलियाँ वो लोग जो होते हैं वो उतनी दूसरों के सामने झुक जाते हैं या दूसरों की हाँ में हाँ करते हैं या अपनी बात पे अड़ते नहीं हैं जिन लोगों की उंगलियां पीछे को बैंड नहीं होती हैं मतलब आप प्रेशर भी दोगे तो वो ज़्यादा बैंड नहीं होती हैं थोड़ी सी हल्की बहुत हल्की बैंड होती है प्रेशर देने के बाद तो ये जो लोग होते हैं ये किसी के आगे झुकते नहीं हैं अपना स्टैंड लेके रखते हैं अपना जो डिसीजन होता है उस पे अड़े रहते हैं और जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं तो ये उनकी क्वालिटी है फिर होते हैं मोटी उंगलियाँ और पतली उंगलियाँ जो मोटी उंगली वाले लोग होते हैं वो मेहनत का काम भी आसानी से कर लेते हैं जैसे कि बहुत से मैकेनिक होते हैं या फर्नीचर वाले होते हैं मतलब जो हाथ का काम वाले होते हैं वो बहुत आसानी से कर लेते हैं और उनको कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो गया या मेहनत वाले काम हो गए वो दोनों में आसानी से ढल जाते हैं एक होते पतली उंगली वाले जो पतली उंगली वाले होते हैं अगर आप उनको मेहनत का काम कराएँगे तो वो उसमें इतना कम्फर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं वो उनको नहीं कर पाते हैं और उनको जो काम ज़्यादा पसंद होता है वो लिखने पढ़ने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड काम जो होते हैं जो हम आसानी से बैठ के कहीं लिखा पढ़ी वाले काम जो होते हैं वो उन्हें करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये पतली उंगली वालों के साथ होता है अब हम बात करेंगे जिनकी सनी की उंगली छोटी होती है अब हम कैसे समझेंगे कि सनी की उंगली हम बड़ी और छोटी कैसे होती है तो उसके लिए हम अपना हाथ देखेंगे और जो हमारी सूर्य सूर्य की उंगली है और हमारी जो बृहस्पति उंगली है अगर बृहस्पति उंगली हमारी जो सूर्य से हमेशा थोड़ी छोटी रहती है अगर वो सूर्य से थोड़ी ऊपर जा रही है और जो शनि की उंगली है वो उन दोनों से बस हल्की सी ही बड़ी है तो उसको हम छोटी सनी की उंगली मानेंगे तो ये जो लोग होते हैं इनको हमेशा घर से दूर घर से बाहर रहने की इच्छा बहुत होती है ये इनको ये भी लगता है कि हम विदेश में जाकर रहने लगें या घर से दूर कहीं रहें और ये इनको विदेश जाने की सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं इच्छा होती है ये जिनकी सनी की उंगली छोटी होती है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद